है गाइज वॉट इज अपर ए लॉन्ग टाइम सो गैस लेके आ गया नया वीडियो एक नया टॉपिक के साथ तो so गाइज पहले बता बताते कि जो कोई भी आसाम से इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग बड़ा प्राउड फील करेंगे, और उन्हें अच्छा भी लगेगा। चलिए so लिख मैं इस वीडियो में आसाम के कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ जैसे कि ब्रिजेस एयरपोर्ट स्मार्ट सिटी सो गैस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गैट स्टार्ट ये एयरपोर्ट का इंडिया का सेकेंड सबसे सब रिजस्ट एयरपोर्ट होने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है लोकोप्रिय गोपीन पर्टोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2018 में इस एयरपोर्ट को रिनोवेट करने के बाद शुरू किया गया था लेकिन अभी भी इसके काम करने का स्पीड बहुत ही स्लो है इसका मेन एम था पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना अभी यह एयरपोर्ट सिर्फ 850 पैसेंजर्स को ही हैंडल कर पाता है एक घंटे में लेकिन जब ये रिनोवेट हो जाएगा उसके बाद ये एयरपोर्ट थ्री पैसेंजर्स को एक घंटे में हैंडल कर पाएगा है। और इस प्रोजेक्ट में इस एयरपोर्ट में ही एक कम्प्लीटली न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग भी बनेगा और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा ट्वेल्व करोड़ रुपीज इंडिया का पहला लॉजिस्टिक पार्क होगा जो कि 300 एकड़ लैंड में बनाया जाएगा टू फेसेस के साथ पहले फेज में रेलवे रोडवे एयरवे वाटरवे को बने किया जाएगा पार्क के साथ जो कि आ गया है कि 2023 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो होने के बाद असम को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप से देखा जाएगा क्यूँकी आसाम एक परफेक्ट प्लेस है जिससे इंडिया दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ इजिली ट्रेड कर सकता है और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा सेवन हंड्रेड इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट हो जाने के बाद एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसके फर्स्ट फेज काम नियरली कम्प्लीट तो चुका है। कुछ छोटे-मोटे बाकी है अभी तक। एक कर रहा है, जो कि गुवाहाटी से 80 किलोमीटर के आसपास बनाया जाएगा जिसमें विजयनगर सोनापुर रोंगिया मोरीगांव शामिल है ये में से को कुछ हद तक कम करेगा, और ये हो जाने के बाद इसको कहा जाएगा न्यू गुवाहाटी ज गुवाहाटी में नए फ्लाईओवर्स बनेंगे और एक्जिस्टिंग गुवाहाटी बाईपास जो कि फोर लेन का है इसे भी सिक्स लेन का बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर गौरसू वशिष्ट सारियाली बखोड़ा बोरा में एक एक नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और एक वायकुलर अंडर पास भी बनाया जा रहा है जो की बैरबारी पॉइंट में होगा इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट हो जाने के बाद जालुबाड़ से वशिष्ट सारे आली तो जो ट्रैफिक जाम होता है बहुत अद कम हो जाएगा जीएम दे में एक नया मेट्रो सर्विस स्टार्ट करने वाला है इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट स्टेज में फोर कॉरिडोर को बनाए जाएंगे जो कि 61.4 किलोमीटर लंबे होंगे और जिसमें टोटल 54 फोर होंगे फर्स्ट कॉरिडोर होगा धरापुर से नारायणी तक जिसमें 22 टू होंगे और जो 36.6 सिक्स किलोमीटर लॉन्ग होगा सेकेंड कॉरिडोर बनाया जाएगा एमजे रोड से खानापारा तक जहाँ पर टेन स्टेशन होंगे और जो टेन किलोमीटर लॉन्ग हो थर्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा जालूकबारी से खानापारा तक जहाँ पर फोर्टीन स्टेशन होंगे और नाइनटीन किलोमीटर लॉन्ग हो और फोर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा से पोलटन रिवर स्मार्ट, स्मार्ट रोड, रोड एक्सेट्रा इसी इस के साथ हम कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ गुवाहाटी सिटी कम्प्लीटली एक का एक ब्रिज बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो कि गुवाहाटी से नॉर्थ गुहाटी को कनेक्ट करेगा जो कि 1.6 किलोमीटर लॉन्ग होगा और सिक्स लेन का होगा इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा 2008 करोड़ और कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट भी 2023 के एंड तक कम्प्लीट हो जाएगा और इसी के साथ साथ वन किलोमीटर का एक फ्लाई भी बनेगा जो की मेन ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा और ये फ्लाई ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक में बनेगा जो की फुटपाथ से लेके मासखुआ तक होगा और ये फ्लाईओवर और ब्रिज जाके मासखुआ में कनेक्ट होगा जो की वाई शेप में होगा पीडब्ल्यू डी ऑफिसियल यह मानना है कि जब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद के बिल्कुल ही पास है इसी वज हर दिन बहुत ज्यादा जंगली जानवरों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट के चलते इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रोपोजल बना के भेजा था एलिवेटेडोर का जिसका काम कुछ दिनों में स्टार्ट किया जाएगा तो so एस यही थे आसाम के कुछ मेगा प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे जहाँ तक जितना तक पता था मैंने आप सब लोगों को बता दिया और अगर कुछ बताने को रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं भाई इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं हम ने नेक्स्ट वीडियो में अभी गुड बाय